लके सोपीर हद बेहद दोनों लके आज उनको नाम फकी

अरे, अरे लटको बेरी अरे, अरे छोड़ी दे अरे, अरे चोगी राजा रे दिखावारी भगती नहीं बंद कर बन्द, बन्द, बन्द, बन्द, बन्द, बन्द,

और, और आत्मा सुन हूं परमात्मा ध्यान कर रि लटको जोगी अरे छोड़ी दे ये असल फकीरी दु

हर कोई

या सोहरी ना, ना मिले

I'm gonna be.

सचि गलू दया